तो ये मॉडल है Redmi Note 7s और इसका प्रॉब्लम है ऑटो रीस्टार्ट ड्यूरिंग वीडियो प्लेइंग और कॉलिंग तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम कैसे आ रही है और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो तो फ्रेंड्स देखिए जैसे हम इसमें कोई भी वीडियो प्ले करेंगे या इस नंबर पे कोई इस फोन पर अगर कोई कॉलिंग आती है जी देखिए फ्रेंड्स जैसे हम इसकी वॉल्यूम को इनक्रीज करते हैं जी देखिए ऑटो स्टार्ट एकदम से ऑटो स्टार्ट हो गया ये ये एक एरर है जो इन फ़ोनों में भी आ रही है तो इसका सोल्यूशन हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले तो इस फोन को आपने खोल लेना है खोलने से पहले आपको बता दूं इसमें तीन एरर्स हो सकते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक तो या तो इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है या इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या इसकी कहीं से आईसी जो है वो लीकेज कर रही है इन तीनों में से कोई भी हो सकता है तो चलिए पहले इस फोन को खोल लेते हैं तो फ्रेंड्स फ़ोन को मैंने पहले से खोल रखा है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना जाए और आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ इसके बारे में सबसे पहले तो इस पैनल को बहुत ही आराम से खोलना है ताकि ये पैनल टूटे नहीं क्योंकि ये ग्लास का होता है और काफ़ी शाइनी होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसे तोड़ना चाहिए इसका जो फिंगर सेंसर होता है वो भी अंदर जो पत्ते के साथ लगा होता है उसको बहुत ध्यान से खोलना है मैंने इसको पहले से खोल रखा था कि वीडियो हमारा जो है कॉम्पैक्ट हो छोटा बने और आपको जल्दी समझा सकूँ ये देखिए ये इसका सी सी बोर्ड का कनेक्टर है और ये इसका कॉम्बो का कनेक्टर है ये आप बैटरी का कनेक्टर यहाँ पर साफ देख पा रहे होंगे दिखाऊँ मैं आपको ये देखिए इसका बैटरी का कनेक्टर है साफ़ ये तो इसको क्या है हम लोग एक बार रिमूव करेंगे और दोबारा से ऑन करके देखेंगे और यही प्रोसेस हम लोग करेंगे तो क्या है सेम रिज़ल्ट यहाँ पे आने वाला है सबसे पहले क्या है आपने इनके कनेक्टर्स जो हैं वो निकाल देने हैं ये आपका सी बोर्ड का कनेक्टर है ये आपका बैटरी का कनेक्टर है इसे निकाल लेना है और ये आपका कॉम्बो का फोल्डर का कनेक्टर है बहुत सावधानी से इनके साथ काम करना है अगर ये कट गया या डैमेज हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम या फिर समझ लो सॉल्यूशन है वो है इसका बैटरी चेंज करके देखना कि क्या वो प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम इसका बैटरी चेंज करके देखते हैं कि वो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है तो चलिए फ्रेंड्स बैटरी चेंज करते हैं तो फ्रेंड्स बैटरी को चेंज करने से पहले क्या है हम लोग जो दूसरी बैटरी है उसको इसमें लगा के इसके कनेक्टर में लगा सभी चीज़ों को एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि बैटरी अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो ये बैटरी भी चिपकी होती है तो इसे निकालने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बैटरी अगर सही होगी तो दोबारा लगाना पड़ेगा तो उसको पहले ही हम क्या करेंगे इस कनेक्टर के साथ बैटरी को जोड़ के एक बार चेक कर लेंगे कि बैटरी दूसरी वाली जो सही है वो नहीं है ठीक है तो चलिए एक बार इसके कनेक्टर्स को फिर से लगा देते हैं ताकि ये प्रॉपर वर्क करे अब लेते हैं बैटरी को एक नया बैटरी है रिवेरा का बैटरी हमने लिया है काफ़ी अच्छी बैटरी होती है ये मानी जाती है तो देखिए अब हम इसको कनेक्ट करवाएंगे इसके कनेक्टर के साथ ये कनेक्ट हो गया अब सेम वैसे ही हमें इसे ऑन करना है ये बैटरी जो है अब देख सकते हैं हमने रिवेरा की बैटरी जो है इसके साथ कनेक्ट की है मैं आपको इसे साफ़ दिखाऊं ये रिवेरा की बैटरी जो है इसके साथ अभी कनेक्ट है तो देखते हैं अभी ये ऑन हो रही है फ्रेंड देखिए जैसे हमारा जो फोन है वो अब ऑन हो चुका है ये हमारा जो अनलॉक हो चुका है फोन अब इसके YouTube में जाएंगे फ्रेंड देखिए हमने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे YouTube में और हम इसको प्ले करेंगे ये देखिए तीन सेकंड तक अगर ये नहीं होता है रिस्टार्ट तो समझ लीजिए आपका जो एरर है वो करेक्ट हो गया है मैं आपको बैटरी भी एक बार दिखा दूं कौन सी बैटरी इसमें लगी हुई है ये देखिए ये वही बैटरी है रेरा की तो क्या है ये जनरल प्रॉब्लम जो है इसकी बैटरी की थी तो ये तो क्लियर हो गया कि इसकी बैटरी की प्रॉब्लम है अगर बैटरी का यह प्रॉब्लम नहीं होता तो या तो ये आई का प्रॉब्लम होता इसका या फिर इसके सॉफ्टवेयर में कोई रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है तो ये अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है और बैटरी लेवल भी इसका चेक कर लेंगे 75 परसेंट इसका बैटरी लेवल है तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो सिर्फ इसमें बैटरी चेंज करने की देरी है और ये बढ़िया तरीके से काम करेगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यह वीडियो आपके काम आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए